ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है लाखों रिंगित है एक बार लगाओ और 30-35 साल कमाते जाओ जो कि अपने इंडिया में ये पेड़ शायद पाया नहीं जाता है या पाया जाता है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल सही से नहीं हो पाता